आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचर से जरमाप का स्वागत है मित्रों आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे एक मेडिसिनल ट्री की बात करेंगे गुलमोहर का ये वृक्ष है फ्लेम ट्री भी कहते हैं पी फ्लावर होते हैं जैसे कि मोर होता है देखने में इसी प्रकार से इसके फ्लावर्स का ओरिएंटेशन होता है पैटल्स इसी फॉर्म में अरेंज होते हैं और कंपाउंड पेरिपेनेट इसके लीव्स होते हैं मित्रों आज हम औषधीय गुणों की चर्चा करेंगे ये सीशल पीनिसी फैमिली का मेंबर है विभिन्न प्रकार के फिनोलिक कंपाउंड्स कंपाउंड फ्लोनाइड्स टैनिनस्ट्रोल एपिजेनिन बीटा बिटाइनिन आदि घटक इसके अंदर पाए जाते हैं और मुख्य रूप से ये पित्त के समन के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला प्लांट है इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए और एथरेटिस के निवारण के लिए हम इसको उपयोग में ला सकते हैं इसके सुंदर फूल आप देख रहे होंगे इसका इन्फ़्यूज़न बनाकर आपको सेवन करना है मित्रों इन्फ्यूज़न बनाना सबसे सरल विधि है कि आप इसके फूल इकट्ठे कर लीजिए और 200 मिलीलीटर पानी को गर्म कर लीजिए और उसके अंदर इसके फूल डालने हैं डायरेक्ट हीटिंग नहीं करनी है डायरेक्ट बॉयलिंग नहीं करनी है और जब वो पानी ठंडा हो जाए तो उसको छान कर उपयोग में लाइए 15 से 20 एम एक बार में उपयोग में लाना है लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है फैटी लीवर की समस्या होती है उसको भी दूर करता है और सिप्लिनो जिसको पिल्हा वृद्धि कहते हैं उसका भी ये समन करता है साथ ही इसके सुंदर फूल इसके पत्र सूजन को कम करने के लिए और घाव को भरने के लिए उपयोग में आते हैं शरीर के टॉक्सेंस को धीरे दिर धीरे ये रिमूव करता है एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी यानी कि हिस्टामिन को कम करने का कार्य भी करता है शरीर का शोधन करता है और एलर्जिक के से हमें बचाता है इसका इन्फ्यूज़न हमें पीना चाहिए विशेष गुणकारी होता है इसकी छाल इसकी जड़ सभी औषधीय उपयोग के लिए आती हैं और किस किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं विधिवत हम जानेंगे इसकी छाल आप देख रहे होंगे इसकी छाल काढ़ा बनाकर आप सेवन करेंगे तो विभिन्न प्रकार के गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स को सही करता है और यूरिनोजेनाइटल डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने का कार्य करता है साथियों इसकी छाल का काढ़ा हमें धीमी धीमी आँच पर बनाना है पाँच ग्राम इसकी आप छाल ले लीजिए पाँच ग्राम इसकी छाल इकट्ठा करके उसका काढ़ा बनाकर और उसमें शहद मिलाकर हमें सेवन करना है विभिन्न प्रकार के मेटाबोलिक डिसऑर्डर्स को ठीक करता है और पेट में पुराना अगर कॉन्स्टिपेशन हो हमारी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो या इंटेस्टाइन के अंदर खिंचाव के कारण पेट के अंदर खिंचाव के कारण स्टोमक के अंदर वॉम्स के कारण किसी भी प्रकार का या पेन इन्फ्लामेशन या सूजन है तो उसको दूर करने के लिए आपको इसका काढ़ा पीना चाहिए और स्वाद अनुसार उसमें आप शहद मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं इसके जो बीज होते हैं उसके बीज का उपयोग आप नेचुरल बाइंडर के रूप में करते हैं इसके बीज को भिगा दीजिए इसको बीज को पानी में भिगाने के बाद आप देखेंगे कि गमी मटेरियल हमें प्राप्त होता है उस गमी मटेरियल को हम टैबलेट में फार्मास्यूटिकल एड के लिए बाइंडर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है इफ़ेक्टिव होता है और किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करता है जनरली हम देखेंगे कि टैबलेट के बाइंडर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला अकीसा गम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कॉज करता है जबकि इसका जो गम होता है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं कॉज करता है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ़ होता है फार्मास्यूटिकल एड के लिए आप उसको उपयोग में ला सकते हैं बाइंडर नेचुरल बाइंडर का ये कार्य करता है हाईली तो इफेक्टिव भी है साथियों सीसल पिनिस सी फैमिली का एक मेम्बर है इसके फ्लावर्स इसके लीव्स इसकी छाल इसकी बीज सभी औषधि गुणों के लिए उपयोग में आते हैं और इसकी और इसके पत्र का काढ़ा हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने का कार्य करता है मेंस्ट्रुअल फ्लो को रेगुलेट करने का कार्य करता है नेचुरल इम्यूनागोक का ये कार्य करता है इसकी छाल का डिकॉक्शन इनफर्टिलिटी की समस्या को भी दूर करने का कार्य करता है पाँच ग्राम से ज़्यादा एक समय में इसका, नहीं में से में तो समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए एक्सेस मात्रा में सेवन करने से ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है मित्रों प्रेग्नेंसी के समय भी इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए अबोर्सन का खतरा बन जाता है इस प्रकार से सेफ्टी के साथ आप इसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाइए अनीमिया की कम अनीमिया को दूर करता है शरीर के अंदर आयरन का एब्जॉर्बशन बढ़ाता है आर्साइटिस को दूर करने का कार्य करता है पित्त का समन करता है मस्कुलर पेन हो न्यूरल्जिया हो माइल जिया हो नर्वस का पेन मसल का पेन सभी प्रकार के पेन को दूर करने का कार्य करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में या पेट में बॉम्ब्स के कारण या किसी भी कारण से अगर दर्द हो रहा हो उसके भी समन का ये कार्य करता है काफ़ी अच्छे इसके औषधीय उपयोग हैं और न केवल ये इंसानों के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए सभी के लिए औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आता है नेचुरल डाई भी इसके फ्लावर्स से तैयार की जाती है जो कि एडिबल भी होती है आप उसका खाने के पदार्थों में भी उपयोग में ला सकते हैं इस प्रकार से आज आपने जाना किस प्रकार आप इसको दैनिक जीवन उपयोग में ला सकते हैं बीज के माध्यम से आसानी से इसका हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं जानकारी को साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सुबह साढ़े छः बजे आने वाली नई प्लांट की जानकारी आप नित्य प्राप्त कर सकें इन्हीं बातों के साथ आपसे कल मिलूँगा एक नई प्लांट के साथ नई प्लांट की चर्चा करने के लिए आप हमें अधिक जानकारी के लिए कमेंट्स कर सकते हैं ई कर सकते हैं या टेलीफोन हमसे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार